अगर मैं आपको ये बोलूं भी आप बस के किराए में एक गाड़ी में फोर व्हीलर में सफ़र कर सकते हो वो भी आपकी लोकेशन से आपको लेके जाएगी जहाँ जाए पे आपने पहुँचना है वहाँ छोड़ के आएगी तो आपको कैसा लगेगा बड़ी हैरानी होगी ना मुझे भी ऐसी हैरानी हुई थी जब मैं इस ऐप के बारे में जाना था तो इंडिया में एक ऐसी ऐप लॉन्च हो गई है जिसमें आप कहीं भी एक सिटी से दूसरी सिटी में या इंडिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक जाना है तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और आपको ना तो ट्रेन पकड़ने की जरूरत है और ना बस पकड़ने की जरूरत है ये गाड़ी आपको आपके लोकेशन से लेके जाएगी जहाँ पे आपने पहुँचना है वहाँ छोड़ के आएगी वो भी बस के किराए में जी हाँ फ्रेंड मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ इसका किराया बड़ा जैन होता है इस ऐप की ऐसी पॉलिसी है ये बस के किराए से ऊपर आपसे किराया नहीं ले सकते तो फ्रेंड मैं एक एक स्टेप आपको कंप्लीट दिखाऊंगा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो आज के कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा फ्रेंड आपने ट्रेन पे जाते हो तो आपको पहले ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ती है या रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है अगर आप मतलब बस में जाते हो तो बस स्टैंड जाना पड़ता है बस स्टैंड जाते हो तो बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती आप ही परेशान हो जाते हो तो अभी इंडिया में एक ऐसी ऐप लॉन्च होगी है जिसमें आप उसी किराए में बड़े ही कॉम्फर्टेबल तरीके से आप अपना एक जगह से दूसरी जगह पे कार में जा सकते हो वो भी बंदा आपकी लोकेशन से लेके जाएगा अगर आप भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपनी कार लेके जा रहे हो तब भी आप इस ऐप में अपनी कार को ऐड कर दीजिए और जिस बंदे ने बुकिंग करेगा इस ऐप के थ्रू बुकिंग होगी जो बंदा आपको बुकिंग करेगा उस बंदे को आपने वहाँ से पिक करना जहाँ वहाँ जाना चाहता है वहाँ उसको ड्रॉप कर देना वो किराया आपको गाड़ी में दे जाएगा तो बड़ी कमाल की ट्रिक है फ्रेंड इसमें आपका तेल का खर्चा भी निकल जाता है अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आपका फालतू का बस स्टैंड जाना रेलवे स्टेशन जाना ये पूरी की ट्रस्टेशन से भी आप बच सकते हो तो कंप्लीट वीडियो देखना चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक एक स्टेप आप फॉलो करना कैसे आई बनाते हैं कैसे खुद की गाड़ी डालते कैसे हम अपनी बुकिंग करनी है कैसे गाड़ी को अपनी जगह बलाना है तो कम्प्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है इस वजह से आप वही मत होना लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना ताकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज पहुंच सके चलो फ्रेंड चलते हैं वीडियो देखिए फ्रेंड मैं आ गया हूं अपने फ़ोन के ऊपर अभी मैं इस ऐप को ओपन करता हूं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप इसको जाके बड़ी ही ईजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो जैसे फ्रेंड इसको इंस्टॉल कर लेंगे हम तो इसके लिए सबसे पहले साइनअप का ऑप्शन मांगेगा तो हमने सबसे पहले साइनअप पर ओके करना है जैसे फ्रेंड हम साइन अप पर ओके करेंगे तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हो अगर फेसबुक यूज करते हो तो मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ मैं साइनअप विद ई मेल आई डी करूंगा तो जहाँ पे मैं अपनी ईमेल मेल डाल देता हूँ मेरी जो भी जो ईमेल मेल है मैं वो ईमेल मेल से आपको साइनअप करके दिखाऊंगा देखिये मैंने ई मेल और पासवर्ड डाल दिया है अभी मैं देखो इस साइन अप हो चुका हूँ जैसे फ्रेंड हम साइन अप हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन है मैं एक एक के, में, के बारे में डिटेल में बताऊंगा ठीक है फ्रेंड जहाँ पे आप सबसे पहले क्या करना अपनी है अपनी प्रोफाइल में जाना है प्रोफाइल में जाने के बाद फ्रेंड आपने अपना एक नंबर है जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करवाना है ठीक है जो मैंने वेरीफाई करवा रखा है आप जहाँ अपना, अपना आपका एक एड नंबर का ऑप्शन आएगा तो जैसे आप नंबर डालोगे तो उस पर एक ओ आएगी ओ आपने जहाँ भर देना है तो वहाँ से आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा ठीक है फ्रेंड जहाँ पे आप अपनी कार डाल भी सकते हो अगर आप कहीं भी जा रहे हो मान लो भी आप मेट के रहने वाले दिल्ली जा रहे हो तो जहाँ पे अपनी ए, कार ऐड कर दीजिए आप अकेले जा रहे हो आपको लगता है भी आप चार पैसेंजर और लेके जा सकते हो तो जहाँ पर आप अपनी कार ऐड कर दीजिए जहाँ पर कार ऐड कर दीजिए वो कैसे पैसेंजर ऐड कर रहे वो मैं आपको बीच में बता दूँगा बाद में जैसे ऑप्शन आ जाएगा ठीक है आप इसे मान लो किराया कमा भी सकते हो और खुद भी जा सकते हो सबसे पहला ऑप्शन होता है सर्च जैसे मैं मेरठ से दिल्ली जाना चाहता हूँ मैं आपको जस्ट डाल के दिखा रहा हूँ मान लो मैं मेरठ बस स्टैंड से जाना चाहता हूँ जहाँ गोइंग टू आ गया मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली एयरपोर्ट ठीक है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट डालना चाहता चाहता हूँ जहाँ टू का ये टाइम आ गया वन पसेंजर आ गया जहाँ से आप पसेंजर की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो एक दो जो जितना भी है फिलहाल में एक ही रख रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ से सर्च मारता हूँ जैसे सर्च मारेंगे तो आपके सामने ये आ गया ये देखो साढ़े दस बजे मिनट से ये चलेगा दिल्ली दिल्ली के लिए किराया तीन सौ रुपये ठीक है तो ये इसने मान लो कि अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है बिना नाम है जो ये तीन सौ रुपये है ये आपको कार देना पड़ेगा जे जरूरी नहीं आपको यहाँ पर तीन देना है वहाँ से बारगिन भी हो जाती है थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हो जाए वो भी हो जाता है तो जहाँ पे अगर मेट से आप गुड़गांव जाना है मेठ से ये जो पूरा रास्ता है जो दिल्ली का है इसमें कितनी गाड़ियाँ चलेगी ये टाइम के हिसाब से रात को साढ़े ग्यारह बजे चलेगी एक बजे पहुँचेगी तो आप अपने टाइम के हिसाब से जिस भी गाड़ी के मान लो आपने ये फर्स्ट वाली गाड़ी पे इस पर आपने आपको सही लग रहा है कि एक वाली गाड़ी को मैं जाना चाहता हूँ तीन भी जाए जाए क्योंकि आपकी जगह से उठाएगी और आपको एयरपोर्ट पर छोड़ के आएगी कोई ऑटो को रास्ते में कहीं परेशान होने वाली बात नहीं है तो जहाँ पे आपने इस पर जैसे क्लिक करना है उसके बाद आपने जहाँ से कंटिन्यूज कर देना है जैसे फ्रेंड कंटिन्यूज कर देंगे तो जहाँ पे वन सीट लिखा है 300 कैश पे इन द कार तो जहाँ इस पे भी दिखा भी रखा है भी आपको कार में पेमेंट देना पहले आपने जहाँ ऐप के थ्रू कोई पेमेंट नहीं देना है। आपके पास कार आएगी कार में बैठोगे आपको कंफर्टेबल लगेगी तो आप दे दीजिए अदरवाइज आप मना भी कर सकते हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो इसके बाद ये रिक्वेस्ट उसके पास सेंड हो गई है तो वो आपको मतलब के बैक कॉल भी कर सकता है या मैसेज भी कर सकता है क्योंकि आपने नंबर वेरीफाई किया है तो उसके इसका जो भी रिस्पांस होगा आपके जहाँ इनबॉक्स में आ जाएगा इसने क्या रिस्पांस दिया है दूसरा जहाँ ऑप्शन आता है मतलब कि जहाँ तो बुक हो गया जहाँ पे आप जुआ राइड जो लिखा हुआ है ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखाता है भी आपने कौन सी चीज़ बुक की है जहाँ आप दो गाड़ी बुक कर सकते हो तीन गाड़ी बुक कर सकते हो जो आपको कॉम्फर्टेबल लगे उसमें आप बैठ के राइड कर सकते हो ठीक है फ्रेंड तो दूसरा आता है ये आप दिल्ली जा रहे हो तो जहाँ पे आप जहाँ चूज करोकेशन जहां मेट बस स्टैंड जो भी पार्टिकुलर जगह उसका नाम देखे मेट बस स्टैंड मोस्टली बंदे मतलब बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं तो मैंने वहाँ पर लगा दिया तो ड्रॉप ऑफ मैंने कहाँ करना है मान लो मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे मैंने दिल्ली दिल्ली रेलवे स्टेशन मैंने डाल दिया जी दिल्ली रेलवे स्टेशन डाल दिया तो जहाँ पे यहाँ एड सिटी और भी अगर रास्ते में आप तो गाज़ियाबाद के लिए कोई पैसेंजर उठाना चाहते हो तो वो भी आप जहाँ से उठा सकते हो उसके बाद जहाँ से आप नेक्स्ट कर लोगे बहन आर गोइंग आप कब जाना चाहते हो कल की डेट में जाना चाहते हो जिस भी डेट में आप जाना चाहते हो हफ्ते बाद दस दिन बाद कल परसों जब भी मान लो मैं कल जाना चाहता हूँ जब मैं कल की डेट डाल दिए जहाँ आप आ जाएगा मान लो मैं आठ बजे जाना चाहता हूँ जहाँ से आप टाइम भी अमेंड कर सकते हो मान लो मैं सुबह पाँच बजे जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने पांच बजे डाल दिया उसके बाद में ओके कर दिया है ठीक है ये लिखे थिंक एम्फोर्ट कीप द मिडल सीट एम एक कहना भी तुम ही मतलब भी कम्फर्ट हो भी आपकी जो मिडिल सीट है पीछे वाली सीट है वो खाली है उस पर आप पैसेंजर लेके जा सकते हो या श्योर कर देंगे हम यहाँ से और उसके बाद जे बोलते हैं भाई आप कितने पैसेंजर लेके जा सकते हो जहाँ से आप तीन पैसेंजर भी लेके जा सकते हो उसको बढ़ा भी सकते हो उसको कम भी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो मान लो मैं एक ही पैसेंजर ले जाना चाहता हूँ तो मैंने एक कर दिया उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे कहें पसेंजर बुक इंस्टेंटली ये बोल रहा है भी आपका जो पसेंजर है आपकी गाड़ी अभी बुक कर सकता है या श्योर मैंने ओके कर दिया है तो जहाँ से ये ओके हो जाएगा उसके बाद ये रेट लिखा हुआ है मान लो दिल्ली का रेट ये लिखा हुआ है अगर सौ रुपये हम पर पसेंजर से ले सकते हैं उसके अलावा मान लो भी हमें नहीं लगता हम थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ से हम उसको एडिट भी कर सकते हो मैंने सौ ही रख दिया ये बोल रहा है भाई आप दिल्ली से वापस कब आ रहे हो ठीक है तो जहाँ हम अगर वही रहना चाहते हो तो नो थैंक्स कर देंगे अगर हम वापस की भी बुकिंग करना चाहते हो जहां से ही बुक हो जाएगा इससे फ्रेंड मान लो भी मैं नो थैंक्स कर दिया तो ये आपकी गाड़ी जहां से पब्लिक से ये हो जाएगी अबाउट राइड के इसके बारे में आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो भी आपका जो पसेंजर किस टाइप का होना चाहिए स्मोकिंग वाला होना चाहिए बातचीत करने वाला कोई गाने पसंद करता है कोई किसी के होता है तो इस तरीके से आप अमेंडमेंट जहाँ पे दे सकते हो आप कुछ भी यहाँ पे राइड कर सकते हो ठीक है तो जहाँ पे ये पूरा ओके हो चुका है आप जब भी पैसेंजर आपकी बुकिंग करेगा तो आपको आपके जो इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आ जाएगा जो भी आपकी बुकिंग करना चाहता है ठीक है फ्रेंड तो ये था ये पूरा इसका सेटअप जो भी मैं आपको बताना चाहता था जो भी इसमें जो पार्टिकुलर जगह थी जो रेड या प्रोफाइल में आ गया जहाँ से आप बुक कर सकते हो वहाँ जाने के लिए जहाँ पब्लिक में आप अपनी खुद की गाड़ी डाल सकते हो आपने जाना कहाँ है वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इन डिटेल में आपको बताने के लिए इतना बताना जरूरी था ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो सके इस वीडियो में क्योंकि जाना चाहते हो तो इतना बहुत है अगर आप मतलब कि आपनी खुद की गाड़ी लेके जाना चाहते हो जहाँ से भी आप तो तेल का किराया तो कम से कम तेल का खर्चा तो बच ही जाएगा जे बहुत ही काम की ऐप है उम्मीद करता फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो बढ़िया लगी है अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मिलते हैं फ्रेंड तब तक आगे वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल